आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आप आईआरसीटीसी की रेलवे की आईडी किस प्रकार से बना सकते हैं अपना स्वयं टिकट अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बुक करके कहीं पे भी सफ़र हिंदुस्तान में कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम एक न्यू आईडी बनाने का पूरा प्रोसेस बताते हैं इसके लिए आपको रेलवे की आई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको उसको ओपन करना है ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये अलाउ का ऑप्शन सारा है इसको एलाउ कर देना है एलाउ करने के बाद इस तरीके का एलर्ट आएगा इस एलर्ट को आपको ओके कर देना है ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरीके की नज़र आएगी और इस पे आप ये जो देख सकते हैं ऊपर कॉर्नर पर लॉग लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक करना है लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास कोई आईडी तो होगी नहीं कि आप इसमें यूजरनेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकें लेकिन आप ये रेड कलर से देख सकते हैं रजिस्टर यूज़र इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये फॉर्म खुल के आ जाएगा इस फॉर्म को आपको फिल करना है तो चलिए हम इस फॉर्म को फिल कर देते हैं हम आपको अब बताते हैं कि इस फॉम को किस प्रकार से आपको भरना है तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो आप मोबाइल नंबर दर्ज कर दें और मोबाइल नंबर वही दर्ज करना जो कभी किसी भी रेलवे की आईडी में वो नंबर रजिस्टर्ड ना हो क्योंकि अगर आप उसको दोबारा रजिस्टर्ड करेंगे तो रेलवे उस पर आई नहीं देता है उसके बाद आपको अपनी ई डालना है ईमेल डालने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम आपको बनाना है यूज़र नेम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन आप देख सकते हैं कि ये यूज़र नेम इस प्रकार का होता है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड को मैंने हाइड कर दिया है ये पासवर्ड आपको अपने हिसाब से रखना है जिस तरीके से जैसे मैं बता दूँ आपको कि आपका नाम अगर सीएम है तो सीएम करके और उसके बाद एड लेट और जो भी लगाना चाहें एक दो तीन चार पाँच छः वो आप लगा सकते हैं उसके बाद आपको अपना पूरा नाम फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम ये यहाँ पे लिख देना है लिखने के बाद यहाँ पर आपको नया ऑप्शन दिखेगा जहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये आप देख सकते हैं मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर आप जो भी हो उस पर आप टिक कर दें इसके बाद आपसे यह नेशनल्टी पूछेगा तो यहाँ पर आपको नेशनल्टी अपनी सिलेक्ट कर देना है और वाट इज़ पेट्स पेट्स नेम पेट तो यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है तो आप अपना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पे ये नाम लिख सकते हैं क्योंकि अगर कभी आप पासवर्ड भूल गए तो ये पेट्स नेम से ही आपका पासवर्ड फॉरगेट भी हो जाएगा और आप लॉगिन भी कर सकते हैं और यहाँ पे देख लीजिए ये पूछ रहा है आप सेक्टर ओकेपसन में कि गवर्नमेंट हैं पब्लिक हैं प्राइवेट हैं प्रोफेसनल हैं सेल्फ़ एम्प्लॉय हैं या इस्टूडेंट अदर आप कौन हैं तो आप इसमें से जो भी हों अपने हिसाब से चुन सकते हैं अमूमन पब्लिक पर ही टिक करें तो ज़्यादा बेहतर होगा उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट मेरिकल स्टेटस तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड अनमैरिड हैं तो अनमैरिड उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये इस तरह का फॉर्म फिर आएगा जिसमें आपसे पूछा गया रेजिडेंटल एड्रेस अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस भरना है तो चलिए हम इसको भर देते हैं तो आप देख सकते हैं रेजिडेंटल एड्रेस पर आपको अपना पूरा यहाँ पे पता दर्ज कर देना है इसके बाद कॉपी रेसिडेंट एड्रेस ऑफिस अगर आपके पास कोई ऑफिस का एड्रेस है तो यहाँ पे टिक लगा देना है वरना अगर नहीं है तो आप यही रहने दें इसके बाद यहाँ पे लोकल एड्रेस पे आपको यहाँ पे डाल देना है जहाँ कभी जो भी लोकल एड्रेस हो और यहाँ पे आपको अपना एरिया दर्ज कर देना है उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कंट्री आप जहाँ से भी हो आपको ये सिलेक्ट कर देना है कंट्री उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे आपको सिटी अपनी से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट कर दीजिए उसके बाद जैसे ही सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपका स्टेट आटो कट ही उठ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस चुनना है जो भी आपका पोस्ट ऑफिस हो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना वही फ़ोन नंबर दर्ज करना है जो आपने शुरू में दिया था उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑफ़िस एड्रेस अगर आपके पास ऑफ़िस एड्रेस है तो आप यहाँ पे भर दीजिए अगर आपके पास ऑफिस एड्रेस है तो आप यहां पर अपना ऑफिस का एड्रेस भर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप अपना जो मेन एड्रेस है जो घर का एड्रेस है वो भी यहां पर दर्ज कर सकते हैं और इसके बाद आप देख सकते हैं स्ट्रीट ऑप्शनल है भरना चाहें तो भर सकते हैं वरना नहीं एरिया अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं वरना कोई ज़रूरी नहीं है ऑप्शनल है प्लस आपको कंट्री सेलेक्ट करना है कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन नंबर दर्ज करना है पोस्टल कोड इसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही आप पिन नंबर दर्ज करेंगे तो ऑटो ये अपना स्टेट उठा लेगा उसके बाद पोस्ट ऑफिस आपको यहां पे सेलेक्ट करना है पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपको फिर अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना है यहाँ पे आपको अपना फ़ोन नंबर दर्ज करना है फ़ोन नंबर दर्ज करने के बाद ये जो रेड कलर का रजिस्टर्ड दिख रहा है इस पर आपको रजिस्टर कर देना है रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कंग्रेजुलेसन यूज़र आईडी आपकी और रजिस्टर्ड हो चुकी है सक्सेसफुली वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल। तो इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा अब आपको यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वेरीफाई करना है और मोबाइल पर एक मैसेज भी आ जाएगा तो उस मैसेज को आप खोल करके देख सकते हैं उस मैसेज पर भी आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन यूज़र आईडी जो है वो आपको आ जाएगी और कोड यहाँ पे भेज दिया गया है इक्यानबे दो सौ ये कोड है ये कोड आपको डाल करके वेरीफाई करना है तो चलिए हम वेरीफाई कर देते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं ये ओके दिख रहा है इस ओके को क्लिक कर देना है इसके बाद अब आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड यहां पर डाल करके लॉगिन करना है तो चलिए हम आपको लॉगिन करके दिखाते हैं अब आपको यहां पर यूज़र आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल पे भेजा गया है वहां पे लॉगिन कर देना है जो आपने पासवर्ड बनाया होगा पासवर्ड वही डालें, जो ओ आया पी उसको मत डालिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर ये यह जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चे को आपको यहाँ पर फिल कर देना है फ़िल करने के बाद ये जो लॉगिन है इस पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है और इस तरीके का ये इंटरफेस नज़र आएगा इस पर आपको अपना जो ओ अब आपको इस पर डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे ओ आया था उस ओ को आपको यहाँ पे फिल कर देना है तो चलिए हम ये वो ओ फिल कर देते हैं ओटीपी डालने के बाद आपको यहां पे वेरीफाई कराना है देखिए इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा उसको ओके कर देना है ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यूज़र आईडी जो आपकी थी मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है मोबाइल नंबर वेरीफाई होने के बाद आपको अब अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है जो ईमेल मेल आपने शुरू में अकाउंट बनाने के समय दी थी तो आप देख सकते हैं जो ईमेल आईडी है वो वहाँ पे शो भी कर रही है तो उस पर एक ओ रेलवे के द्वारा भेजा गया होगा तो उस ओ को आपको यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई करना है तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं इसके बाद ओ दर्ज करने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है आप देख सकते हैं इस तरीके का ये पॉपअप अप आ जाएगा कंग्रेचुलेसन ओ टी पी वेरीफाई सक्सेसफुली यूज़र इसके बाद इसको ओके कर देना है ओके करने के बाद अब आपको यहां पे अपना पासवर्ड दर्ज करना है वो पासवर्ड दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन कर देना है अब आपको यहां पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप ये जो बॉक्स में देख सकते हैं ये कैप्चा इस कैप्चे को डालने के बाद आपको लॉग कर देना है तो चलिए हम लॉगिन कर देते हैं लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं अकाउंट वेरीफाई हुआ वेरीफाई होने के बाद आपको यहां पे एक पिन बनाना है जनरेट पिन कोई भी चार अंक का आप पिन बना सकते हैं अब यहां पे देखिए हमने पिन बना लिया जो चार अंकों का आपको पिन बनाना है आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं और पिन बनाने के बाद यहाँ पर आपको पहले पिन बनाना है फिर कन्फर्म कराना है उसके बाद आपको यह सबमिट है सबमिट पर क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है ओके करने के बाद आप देख सकते हैं अब आपकी आईडी पूरी तरह से बन चुकी है ये आपका होम है और होम के बाद आप देख सकते हैं माय अकाउंट अब इस पर आप देख सकते हैं ये आपकी पूरी आईडी बन चुकी है ये आपकी प्रोफाइल है इस पर आपका पूरा डाटा जो आपने फीड किया है वो पूरा है और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं अगर कुछ आपको गलती समझ में आ रही है तो आप वहाँ पर इस पर चेंजिंग भी कर सकते हैं और इसके बाद अगर आपको टिकट बुक करना हो या कुछ भी करना हो तो आपको होम पर आना है और प्लान, प्लान माय जर्नी इस पे क्लिक करना है और आपका जहाँ का भी टिकट चाहिए वहाँ को आपका स्टेशन का नाम डालना है इसके बाद आपको फ्रॉम के बाद टू पे आपको जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पे वहाँ का आपका नाम डालना है डालने के बाद जिस डेट को हो आपको वो डेट चुननी है और आप यहां से क्लास देख सकते हैं आल क्लास आ, तो इस पे आपको सारी क्लासों का ए, सर्च करके बताएगा उसके बाद कोटा आप इसमें कोटा चुन सकते हैं जनरल लेडीज़ तत्काल जिस हिसाब से आप जाना चाहें उसका और ये सर्च ट्रेन इस पे आप क्लिक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जितनी भी ट्रेनें हैं उस दिन की ये सारी यहाँ पे आपको शो हो गई कानपुर से मुंबई के लिए जितनी भी ट्रेनें हैं यहाँ पे आपको दिख जाएंगी तो जिस पे आप देख सकते हैं रिफ्रेश इस पे आप रिफ़्रेश करके सीट अवेलेबल है या नहीं है ये देख सकते हैं एसेल है स्लीपर क्लास इसमें थ्री ए टू ए अब इसी तरीके आपको अगर बुक करना हो तो बुक कर सकते हैं और यह आप यहाँ पर साइड में नीचे देख भी सकते हैं कि, कि कितने का टिकट है पैसेंजर की डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हैं तो अब आगे जब टिकट बुक करना होगा तो मैं इसका एक वीडियो आपको बनाऊंगा बना करके दिखाऊंगा कि आप जो है किस प्रकार से आईआरसीटीसी से रेलवे की आईडी बना सकते हैं प्लस टिकट किस प्रकार से बुक कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों